भाउजी उू जी पाए लगी सुखे भैया और का हाल है है है ठीक ठीक सुखे भैया बस अपने बताओ चाटा खुश रहो जिनको खोई जाओ और जिनको का पढ़ाई लिखाई कैसे चलत है तहारे चाटा कुल बढ़िया चलाता है अच्छा बेटा खूब मन लगा पढ़ाई करो हाँ। सुखे भैया, अरे रतिया का बारा बारा बजे ये का बजे तक। इनका पापा बोली है कि अब धाई दियो बेटा, अब लेकिन हमारे ना ही, ही, ना हमारे बेटा, लेकिन पढ़ाई लिखाई में अपने तैयार हुए लगे जल्दी जल्दी की मम्मी स्कूल जाए खाये हाँ तब और वही चाहिए कहाँ गयी अरे सुखे भैया ऐसा कुछ से फोन गए गए चला मस्किन कुछ काम रहा तो वह करे था कि आए जाते तो कुछ काम रहा करेक रहा अच्छा क्यों बोला फोन करके काम भैया कुछ ऐसा कर कहा गए के साथ है नही भैया अपना है जिनको पप्पा घाट घार का प्रधान जी है अरुण प्रधान जी तो साथ में गए मोटरसाइकिल से। अच्छा, चलो ठीक है, लेखाइए न पड़े कब तक कहीं रहो भैया कुछ पता न आई है कौन पता भैया हो सकता है अब जाए घंटा रतिया बीते पता नहीं है। है अच्छा, तब तो बहरे तब तो कुछ लाई भाई करी है। भाई कुछ लाम है, तो तो गए, कुछ कुछ करी बैठी ऐसा खाए मिलाए। हाँ, बिल्कुल भैया बैठो। ना मिली दादा के बहुत बढ़िया फुलकी बना हुआ चाट लिखे आयो तो मम्मी आज दो अरे भैया इतना गर्मी है दादा पूरी कैसे अच्छा ठीक है भाव जी निरहू भैया से कह दो हमारा हिस्सा पुड़िया बनाए रही है अरे हम कहू जाए था आई दावत खाये ना तो उन्हें जरूर हम लेकर जाये थे उन्होंने बहुत बढ़िया लाग था पुड़िया अच्छा ठीक ठीक ठीक है है है सुखे सुखे भैया भैया भैया तो तो तो के के बैठो बैठो अब नहीं तक बैठा करी रहू आयु गए जिनको साढ़े सात बजे वाला है, पढ़ाई करो ठीक तो है मम्मी जा खुश खुश खुश रहो रहो रहो बड़ा जाओ जाओ जाओ पढ़ लिख के दादा डीएम अफसर बाप ऐसे आशीर्वाद दिए मम्मी है पढ़ो गए तहार भैया आए गए हो अब कहां अभी हम थोड़े खड़ा ही साथ साथ आई गये तो तो बनाओ तो और खवाओ अच्छा तो हम रह लो सर यह लखनता लगावत रहे आए, ये प्लान बैठा बनाते तो हो का खाए के काउ ना ही खाए गए आए न तुम्हें भाई इतना से थका है लोटा भी पानी ना हम पूछ गए मैं तो तुम्हारी पूरी फरमाइश पहले अब भाई खाए भगवान अरे पानी ना तुम कुआम उठा जैसी भाव जी जाओ पीकर निकल ही आयो जाने आराम से आयो है अब चुपाई मार जाओ जल्दी बनाओ खाना बनाओ मम्मी खाना बनाओ तो तो के जाओ बता पापा ही तो चाट समोसा लेके आई है, है।, तो तो है अपने जिनको खाते तो लाए है। अगर बड़ा झिनकुआ वाला भाव बड़ी महानी सास बहुत था देखा तो भैया सुन लियो यह हम ना ही तो ये महातारी हुआ है अपना ना ही बनाए खिया पावतरी कलिए से मांगा था हमारे भरोसे बैठी है देख लियो का रहा था कुछ बोल तो उल्टा हमारे दोस्त दिए हैं भैया चार मुँह ओ एक मुका निकालो जाओ खाना बनाओ नहीं बहुत देर हो जाई देखा तो 8:30 बजे वाला है कब भला तू चूल्हा जलाइबो तब कब बनाईबो तब कब दियाबो खाए कहियां लड़का ऐसे मारे भूख के मर जात है कहियां हो बिस्कुट धरे रहे तब तो निकाल के ओका देह करले बच्चा खा लियो 10:00 बजत रहा तब तक तू हर हर नयन मटका करत रहो दीदा छौकत रहो ओए अधिरा तवक बनावत हो थो। अरे थोरे देर रुकी जाओ तो पछि लारा में खाना जल्दी हो जाई तार हां भौजी सही है कहत हूं अरे अब जवान नाव है इनके जोन, जोन कामो है इनके भौजी कोनो गाना ना सुनाओ और इनके फरफंड में बहुत ना बाझो सुन लियो भैया अब हम दीदारी जण करित है नयन मटका करित है अरे मो टक्का कहियां जोन जोन ने पावत ही तौ कह दिए थी मने हम अपने कही था तू कहे वाला कर्मो नहीं करत हो कह दियो नहीं करित है छत पे चढ़ई गई है और शीशा ले ले हैं तो पता नहीं कान के का शीशा चमकावत है एक हम जाग जिनको से झाड़ तो मार ली तीन होगा तुम्हें न पता नहीं कागवान तुम्हारे खिल में ठूस रहने सोच ही कर अपने प्लान बनाई करी कल्पना की हमारे देख लेक चाहिए देखे अरे भाई जी जानू नहीं आज कल मन यह विश्वास दिवाये और काव से काव कैरू विश्वास करे लायक न है। खाली है, आगे दिखाए कीछे वही काड़े काव काउ करते तो नहीं जाना है हमें कौन जरूरी है कहा अब कही तह तो कहीं सथमा रहा था तो तू तो ये कुल करत हो तो भाजी यही से हम कुछ कही ना पाई साथे रहक लाज राखी था है। साथेक लाज राखा थी कि कलंक है राह का चौखट पर दिखाए पर और चले है हम है भाजी मुंह नक्चेरे हुआ थे मन नहीं का थे अरे क्यों कहा करता है और क्यों दूसरे कहा उूजी आपन भाई तो तो लेकिन जो मिली है तो झूक जरूर कहले है दोनों जने तो भैया बाबू बहनी आपस ग करोपनियाँ बही कनिया बानी किया कनिया बानी ना हे राजा हो हे राजा हो हम न करब रोपनिया कि राजा हो हम न करब रोपनियाँ अ कनिया बानी ना कि बही कनिया बानी ना कि नहीं दूल हिन्या बनी ना कितू गिरीज न थुनियाँ अ कनिया बानी ना, बानी ना हे राजा हो हम नही करब रोपनियाँ कि सैया हो करब नाही रोपनिया अ बही कनिया बानि नाय सैया हो करब नाही रोपनिया अ बही कनिया बानी नाय देही में ब्याहे क हर दिया देही में ब्याहे के लागल हर दिया अब न छूटल पिया हाथ के मेह दिया कनिया बहानी नाय राजा हो करोनिया है कनी कनिया कनिया कनिया हमनारो पनिया भैया बाबू लोग हमारा गाना कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया और ये गाना हुआ है कजरी का गात्री यादव जी का ठीक है अगर आप फुल गाना सुनना चाहते हो तो इनके चेहर पर चला जाओ बहुत बढ़िया गाना गाए हैं भैया बहनी बाबू लोग अब जे हमारे पिछले यूट्यूब वीडियो पर पाँच बजे तक कमेंट कीजिए तरह उनके नाम आप सब सुनो हो सका था आप नाम हुआ वहाँ एम रियाज हैदराबाद अर्जुन विश्वकर्मा अश्विनी जयसवाल अनीता डॉक्टर महेश यादव चांदनी सालारपुर डॉक्टर एसपी पी वर्मा ताल्हा बेलगारी संतोष यादव नंदलाल निषार टेक्निकल हरिकेश आयुष प्रकाश मौर्या मीना कुमारी सिद्धार्थ नगर एजुकेशन यूनिटी अनुवारी बेगम जावेद भिरिया बाजार से खुया अब्दुल मन्नान सिद्दीकी सरजू हाफ इंजीनियर जोगिंदर सुमेर सोच प्रदीप सागर राजन आजाद अमरजीत गोरखनाथ चेला राम राजेश कुमार तहवर हुसैन प्रमोद पांडे रामरूप ज्योति पटेल एम मुसाहिद रजा अब्दुल करीम रेनू वर्मा अंबिका प्रसाद दुर्गेश कनौजिया विनीत पाठक कनिक सुशील वर्मा बाबा बहराइची वर्मा साहब ऋतिक जी ऑफिसियल बहरैची वर्मा सुधा वर्मा कल्पनाथ अमरेंद्र कुमार अजय कुमार मोहम्मद हनीफ, हनीफे खान गेमिंग सुभाष चंद्र जय प्रकाश मौर्य यदुवंशी शिव कुमार यादव गोंडा मोहम्मद शकील नायाब साह शेखुया मीरा आर्या मुजीब खान अमरजीत हनुमान चौधरी कृष्णा आरिया नीरज यादव एम के अहमद मोहम्मद करीम विनय शर्मा महेंद्र यादव राकेश यादव महाराज अली दिनेश कुमार अब्दुल राहुल यादव रहीमपुर दीपक मिश्रा अशोक मौर्या सुभाष गुप्ता धीरज श्रीवास्तव सौदनसारी, अंसारी जावेद सुभौली दिव्या चतुर्वेदी नितिन मिश्रा चंदापुर भागवत चौहान तसवर अतहारी गुरुकान्त यादव अजीत पासवान रक्षा राम पासवान सुरेश कुमार गंगादीन सोनी पंकज भरद्वाज अब्दुल्ला सलमानी राजन गुप्ता सरवर आलम खान मोहम्मद रमजान अली आंचल केसरवानी गोविंद कश्यप लखनऊ रीत जेनी जीत रीतू भैया बहनी बाबू लोग आ सकता है कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार प्रणाम चैनल का नाम है डीएन चौधरी कार्टून चैनल प्लीज अगर हमारे चैनल पर नवा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो वीडियो का लाइक कर दो वीडियो का आगे फॉरवर्ड कर दो इतना आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और यह चैनल हमारा और है दिव्यादीप सोनी कार्टून भैया बाबू चैनल का आप सब सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जोन भी कहें तो हमारो है और डी एन चौधरी कार्टून चैनल का दोनों का सब्सक्राइब कर लिया जाए दोनों अपने दुलार आशीर्वाद ऐसा बनाए रहो भैया बहनी बाबू लोग नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया नमस्कार वीडियो देखने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद 8000 सब्सक्राइबर पूरा हुई है जब तक आप देख लो तब तक शायद और हो चुका हुई है बहुत बहुत धन्यवाद भैया सहयोग देख लिये